तो दोस्तों हम आज आपको डीजी लॉकर के बारे में इसकी पूरी डिटेल बताते हैं कि किस तरह से आप बना करके एक अपनी सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है डीजी लॉकर डीजी लॉकर लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आप डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करिएगा जब आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जहां पे आप लिखा है गेट स्टार्टेड तो आप यहां पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सिंग इन या न्यू डिजी लॉकर अकाउंट तो यहां पे आपको क्रीट अकाउंट पे क्लिक करना है क्रीट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहां पर पूरा ब्यौरा देना है जिस प्रकार से आपका नाम आधार कार्ड में हो या डेट ऑफ बर्थ एड्रेस जो सेम आधार कार्ड पे ही हो वही आपको यहां पे फिल करना है क्योंकि ये आधार के हिसाब से ही ये आपके मार्कशीट हैं लाइसेंस है निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र ये सब की एक कॉपी आपको आधार के हिसाब से ही देगी तो चलिए हम इसको फिल कर देते हैं इस तरह से फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पे आपको आवेदक का नाम भरना है उसकी डेट ऑफ भर बर्थ भरनी है और उसके बाद यहाँ मेल है या फ़ीमेल ये भरना है यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक कोड आपको बना लेना है छः अंकों का इसके बाद ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर भरना है और आधार नंबर उसका डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखेगा अब यहाँ पर आपको सेट यूज़र नेम अब आपको एक नाम अपना यहाँ पर सेट करना है यूज़र नेम के लिए तो आप अपना वही नाम सेट कर सकते हैं जो आपका आधार पे नाम हो तो चलिए हम एक नाम इस पर लगा देते हैं यूज़र नेम सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी ये यूज़र आईडी बन करके तैयार हो गई है अब इसको आपको ओके कर देना है अब इसके बाद आपको बाहर आकर के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो ये आप कॉर्नर पे देख सकते हैं अकाउंट इस पर आपको आकर के क्लिक करना है और आप देख सकते हैं सिंग इन इस पर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है तो चलिए हम अपना आधार नंबर दर्ज आधार नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो हमने शुरू में पासवर्ड बनाया था वो यहां पे पासवर्ड दर्ज कर देना है पासवर्ड आप कोई भी चार अंक का पिन बना सकते हैं तो उसको दर्ज कर देना है दर्ज करने के बाद ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर से सिंग इन इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजेगा उस ओ को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है ओ दर्ज करने के बाद अब आपको यहां पर सबमिट इस सबमिट पर क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्रीड यूज़र नेम एंड अकाउंट तो यहां पर आपको जो आपने उस समय यूज़र नेम बनाया था वो आपको यहां पे यूज़र नेम दर्ज कर देना है तो चलिए हम दर्ज कर देते हैं यूज़र नेम दर्ज करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है और इस पे पर ओके है ओके पे क्लिक कर देना है यूज़र नेम सक्सेसफुली अपडेटेड अब ये आपका अकाउंट पूरी तरह से बन चुका है तो अब आप इस पे देख लीजिए आप इंटर हो चुके हैं डिजी लॉकर के अंदर और आप यहाँ पे देख सकते हैं होम होम के बगल में ईशू डॉक्यूमेंट और ब्राउज़र होम पे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट की साइट डिजी लॉकर से जो लिंक हैं वो आपको एक औरिजिनल प्रमाण पत्र देंगी उसके बाद ईशू डाक्यूमेंट इस ईशू डूमेंट में आप जितने भी डॉक्यूमेंट यहां पर ईशू करेंगे वो यहां पर उसकी लिस्ट आ जाएगी और ब्राउज़र पे आप यहां पे सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या यहां पर न, किसका प्रमाण पत्र चाहिए जैसे ऊपर आप देख लीजिए आधार कार्ड इस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन सर्टिफिकेट है ड्राइविंग लाइसेंस है व्हीकला रजिस्ट्रेशन है राशन कार्ड है एस एस है और एच एच सी है उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट कई ऐसे बहुत से सरकारी सेवाएं हैं यूनिवर्सिटी की ये बैंकिंग से रिलेटेड हैं ये आप देख सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड हैं तो आप इसमें कई तरीके के सर्टिफिकेट ओरिजिनली डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पूरे भारत में हर तरीके से मान्य हैं तो चलिए हम आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाते हैं और आप इधर भी देख लीजिए यहाँ पर होम है ईश्यू डॉक्यूमेंट ड्राइव इस ड्राइव में आपको करीब डेढ़ जीबी का भी स्पेस मिलेगा तो आप अलग से भी कोई भी डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं लेकिन आप अगर चाहेंगे तो ये प्लस आइकन पर क्लिक करके इस पर अपलोड कर सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले होम पर आते हैं होम पर आने के बाद ये देखिए हम इस पर आधार आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं तो आप देख लीजिए यूनिक आइडेंटिफिकेसन अथॉरिटी इस पर क्लिक किया तो आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड जो है ओके okay कर देना है और आधार कार्ड यहाँ पर आपको दर्ज करना है जो आपने दर्ज किया था उसी नम, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा ये देखिए ओटीपी आ चुका है अब आपको इसको अब आपको इसको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कंटिन्यू इस पर कंटिन्यू कर देना है तो आप देख सकते हैं ये आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है अब इसको आप ओपन करके देख सकते हैं ये इस तरह से नज़र आएगा जहाँ पे आपको लिखा होगा डिजी लॉकर वेरीफाइड और और आप यहाँ पर नीचे पॉपअप देख सकते हैं इंडियन रेलवे एंड एयरपोर्ट एक्सेप्ट डिजिटल आधार थॉकड डिजी लॉकर अस वैलिड आइडेंटी प्रूफ ये रेलवे हो या एयरपोर्ट हो या कहीं पर भी सरकारी गैर सरकारी वहाँ पर ये पूरी तरीके से मान्य होगा और इसमें आप देख सकते हैं डीजी लॉकर वेरीफाइड ये एक तरीके की मोहर का काम करता है और ये यहाँ पे शेयर का आईकॉन देख सकते हैं यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं तो चलिए हम आपको एक डाक्यूमेंट और डाउनलोड करके बताते हैं अब हम आपको नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड कर बताते हैं इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा तो वो ओ टी पी डाल देना है डालने के बाद आप ये को यहाँ पर एक यूज़र आईडी टाइप में बनाना है तो आप जो भी हो आवेदक का वो आप वहाँ पर नाम उसका आगे का डालने के बाद वन या टू कुछ भी आप लगा दें और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कर दें तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहां पर आप आवेदक का नाम डालने के बाद कोई भी दो अंक तीन अंक जो वहां पे अवेलेबल होगी आईडी वो आपको वहां मिल जाएगी और आपका यहां पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ये हेल्थ आईडी डी हो चुका है तो अब आपको गो टू ई डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ आई कार्ड आ चुका है और आपको उसको क्लिक करके ओपन कर लेना और देख लेना कि आपका आई कार्ड इस प्रकार से आ जाएगा अभी इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोटो यहाँ पर नहीं दिख रही है अगर इसको आप दोबारा से डाउनलोड करके ट्राई करेंगे तो शायद आपको ये फ़ोटो आ जाए अभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिख पा रही है तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें